आज साइट पे थोड़ा काम कम था बारिश पड़ रही थी तो आप सबके कमेंट्स पढ़े तो उसमें से कुछ कमेंट्स आए कि सर बिलिंग और प्लानिंग इंजीनियर जो रहता है उनका काम क्या रहता है साइट पे क्योंकि साइट इंजीनियर की अगर हम बात करें पूरा दिन साइट फील्ड पे रहना पड़ता है धूप में रहना पड़ता है बारिश में रहना पड़ता है मिट्टी में रहना पड़ता है और काम काफ़ी ज़्यादा रहता है ना कोई शेड्यूल रहता है ना टाइम रहता है तो हमें बनना है बिल्डिंग इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर तो फिर आपके लिए साइड पर एक वीडियो तैयार की कि प्लानिंग और बिल्डिंग इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए वो काम क्या करते हैं साइट पे मतलब उनका डेली वर्क क्या रहता है क्या स्केड रहता है ऐसे तो काफी काम रहेगा जो आप फील्ड में जाओगे हर साइट पे अलग काम रहता है लेकिन जर्नल जो काम सबका रहता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो कंप्लीट वीडियो देखना काफी नॉलेजेबल वीडियो है और उसके बाद आप प्लानिंग बिल्डिंग में जा सकते हो यार सीख भी सकते हो और ये स्किल आपको आने भी चाहिए तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपके लिए ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं आप टेक्निकल पर्सन टेक्निकल कोई भी हो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग इंजीनियर की फिर हम जाएंगे बिलिंग uh, इंजीनियर की छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आठ से नौ मिनट की लेकिन देखोगे तो मजा आ जाएगा तो सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर को क्या करना होता है टारगेट वर्क विद कंप्लीट टाइम मतलब जो भी वर्क कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड की कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या पाइपलाइन या गैस किसी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसका एक टारगेट उसको बनाना होता है मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट देखो कोई भी वर्क ऑर्डर या ब्यो क्यू निकलेगा तो उन्होंने मैंशन किया होगा आपको पांच से छह महीने में ये वर्क कंप्लीट करने तो प्लानिंग इंजीनियर क्या काम रहता है उसी हिसाब से उसको शेड्यूल बनाना होता है प्लान बनाना होता है कि हम इतना काम इतने दिन में कंप्लीट करके दे देंगे तो उसी हिसाब से वो टारगेट सेट करता है फिर उसी हिसाब से जहाँ पांच से छह महीने में हमें खत्म करना है तो लेबर प्रोडक्टिविटी निकालेगा हमें कितनी लेबर चाहिए कि यह काम छह महीने में खत्म हो जाएगा मतलब आर है शटरिंग है स्टील वर्क है तो उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी निकालेगा वो कि इतने आदमी अगर हमारे पास होंगे हमारा 200 टन का काम है अगर तो हमें कितनी मैन पावर चाहिए 50 मैन पावर होगी तो वो 6 महीने में काम खत्म कर देगी तो ये प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेबर की और किस हिसाब से प्रोडक्टिविटी रहेगी सौ आदमी हमें फिटर चाहिए सौ आदमी हमें रिगर चाहिए ये सब चीजें प्लान करनी पड़ती हैं प्लानिंग इंजीनियर को तो इसमें मैं वीडियो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें मैं वीडियो डाल चुका हूँ छह प्लस वीडियोज है वहां देख सकते हो लेकिन ये भी देखते जाओ फिर दूसरी तीसरी चीज ये क्या रहती है देखो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे थोड़ा सा अपडेट में आपको दे देता हूँ एक से दो मिनट में आपके लूंगा और अगर आप जॉब के साथ रह के प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो मतलब साइड इंजीनियर की जॉब कर रहे हो जहाँ स्टूडेंट हो जहाँ प्रमोशन चाहते हो तो ये आप जॉब के साथ फ्री होके आप प्लानिंग इंजीनियर के जो दो मोस्ट डिमांडेड सॉफ्टवेयर है एम और प्रेमा वीरा एक नया बैच उसका स्टार्ट हो रहा है सोलिट्यूड एजुकेशन आपको पढ़ाने वाला है जिसमें आपका स्कोप काफी ज्यादा है एम कंपनीज में भी है और हर जगह ये दो सॉफ्टवेयर की डिमांड रहती है अगर आपको प्लानिंग या बिल्डिंग में जाना है प्लानिंग के लिए मोस्टली एमएसपी छोटी मोटी कंपनी जो है एमएसपी सॉफ्टवेयर वहां डिमांड रहेगा ही रहेगा और कोई बड़ी कंपनी है वहां पर आपके लिए प्रेमा रहेगा तो एमएसपी में आपको सिखाया क्या जाएगा बेसिक से एडवांस आप कोर्स कंटेंट देखना मैं कोर्स कंटेंट आपको दिखाता हूं ये सब चीजें अगर हम कोर्स कंटेंट ही देखें इतना ज्यादा अभी ऐसे कंप्लीट सिलेबस दिखाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि आपको अगर आईडिया ही नहीं है कि एमएसपी में क्या क्या चीजें होती है तो आपको इतना आईडिया नहीं लगेगा लेकिन समझ लो पूरा बेसिक से एडवांस आपको सिखाया जाएगा और प्लानिंग में जरूर जरूरत पड़ती है एमएसपी के थ्रू वो आप प्लानिंग इसकी हेल्प से कर सकते हो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं जो मेट्रो के बिल्डिंग के हाईवे बुलेट ट्रेन उनमें प्रेमीरा पी सिक्स मोस्टली यूज किया जाता है जिसमें आपको प्लानिंग हर काम कैसे करना है कैसे सेविंग करनी है कितना रिसोर्सिस क्या लेबर मटेरियल हर चीज़ रिकॉर्ड रख सकते हो इसकी हेल्प से आप तो इसमें कंप्लीट आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा आपको साइड पे जाके काम करना है तो ये आपको पूरा सिखाएंगे कि कितना एक्सपेंस कैसे निकालते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी वही चीज़ आगी ना अगर आप आपने प्रेमोवीरा पहले नहीं सुना है देखा है तो आपको सिलेबस का आइडिया नहीं लगेगा बस इतना समझ लो अगर प्लानिंग करना सीखना है प्रेम बीरा की हेल्प से तो ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है और इस कोर्स में क्या बेनिफिट है बाकी बाकीयों से क्यों नहीं लें हम तो यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है आई वैलिड सर्टिफिकाइड मिलता है ये हर चीजें आपको सोलूटिव एजुकेशन देता है मतलब लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो और क्वालिटी कंटेंट रहता है वीडियोस रहती हैं काफ़ी अच्छी और इसमें लाइफ टाइम आपके लिए लेक्चर्स फाइल्स हमेशा आपके पास पड़ेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी वो आपके पास पड़ी रहेंगी और फिर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल डाटा पीडीएफ आपको सब कुछ दिया जाएगा सर्टिफिकेट दिया जाता है ये सामने जैसे सर्टिफिकेट आप देख रहे हो ये आपको काफ़ी काम आएगा हर जगह और एम का अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रेमावीरा का अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये कोर्स ऐसे एक एक्चुअल प्राइस है दस हजार अगर ऑफलाइन सीखने जाओगे तो 20 तीस हजार रुपए लगता है तो दस हजार रेगुलर प्राइस है ऑफर आपके लिए रखा गया है तीन दिन का 80 परसेंट ऑफ रखा जा रहा है वन ट्रिपल नाइन का ये कोर्स रहेगा और इसमें एमएसपी प्रेम दोनों सिखाया जाएगा तो जल्दी जाके अप्लाई कर लो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ अभी चलते हैं हम टॉपिक पे उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या मशीनरी है उसको कहाँ सेटअप कर है, कहां है कहां कहां रहे हैं कहाँ वो मशीनरी रहेगी कहां मटेरियल का स्टॉक होगा स्टील यार्ड कहाँ रहेगा फेब्रिकेशन यार्ड कहाँ रहेगा शटरिंग मटीरियल कहाँ रहेगा वो एक प्लान उसको सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को या खुद के लिए भी वो प्लान बना उसको प्लान बनाना पड़ता है वो भी प्लानिंग का ही एक पार्ट रखते हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल स्टैकिंग का और जो हमारा मशीनरी का नेक्स्ट चीज उसको क्या रहती है रिक्वायरमेंट रहती है मशीन और मोबिलाइजेशन कितनी मशीनरी हमें चाहिए क्या क्या मशीनरी चाहिए किस वर्ग के लिए अगर हमें दो जी सी भी चाहिए या क्या क्वांटिटी सर्वे का पार्ट है लेकिन ये प्लानिंग में भी आता है उसको भी प्लान आउट करके रखना होता है कि हमें इतनी चाहिए इतने दिन इतने दिन बाद हमें मशीनरी लगेगी इतने दिन बाद हमें इतनी मैन पावर लगेगी ये सब चीज़ें उसमें प्लानिंग में आती हैं नेक्स्ट चीज आती है मेन जी जो एवरीडे एक्शन प्लान होता है आज पूरे दिन में हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल हमने प्लान कितना किया था एक्चुअल कितना हुआ ये सब रिकॉर्ड उसको करना पड़ता है, ये plan, का उसको बनाना पड़ता है क्योंकि कितनी लेबर है हमारे पास और कितना आउटपुट हम दे सकते हैं उस हिसाब से उसको प्लान बनाना पड़ेगा वीकली प्लान रहता है हम इस हफ्ते कितना काम करके दे सकते हैं कितना काम होगा फिर उसका एक्चुअल निकलेगा जितना हमने प्लान किया था उसका एक्चुअल उस समय से, से हमारा कितना टाइम वेस्टेज हुआ क्या हुआ तो वो चीजें उसको निकालनी पड़ेगी उस हिसाब से बिल्डिंग उसी पास से अब हमारा प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। फिर एक्शन प्लान उसको मंथली के हिसाब से देना पड़ेगा फिर उसी हिसाब से वर्क वहां साइड पर होता रहेगा फिर डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी कि, कितना आज आ, काम हुआ फिर मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी कभी कभी प्लानिंग में ही आपको सेटअप करना पड़ता है लेकिन मेन जो प्लान रहता है वो प्लानिंग इंजीनियर का क्या रहता है वीकली और मंथली प्लान जो रहता है ये मेन चीज है और अगर हम बात करें उसको एस्टीमेशन और प्रोडिक्शन कैलकुलेटिव प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है उसी हिसाब से वो निकाल सकता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी से एक थंब रूल्स रहते हैं थंब रूल के हिसाब से भी प्लानिंग कुछ चीजें प्लान करनी पड़ती हैं तो उसको थंब रूल्स पता होने चाहिए उसको कैलकुलेटिव प्रोडिक्शन कर पाएगी इतने टाइम में यह हो पाएगा पांच आदमी से या छह आदमी से तो उस हिसाब से उसको प्रोडिक्शन करके भी चलना पड़ता है बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं ऐसे तो बहुत होता है प्लानिंग है फिर रिकॉर्ड रखना होता है डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी वर्क है उसका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर अगर आपको करियर अपना बनाना है प्लानिंग में और आपको ये ये तो पता चल चलगी आपको क्या क्या आनी चाहिए लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर सीखते हो परमबीरा तो आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि परम्बीरा की डिमांड काफी ज्यादा परमबीरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लानिंग का काफी अच्छा है अभी इंडिया में ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इतना लेकिन काफी डिमांडेबल ये रहेगा ये हो गया हमारा प्लानिंग इंजीनियर का अभी हम चलते हैं हमारे बिल्डिंग इंजीनियर में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अगर मैं बात करूं रिस्पॉसिबिलिटी और क्या क्या सीखने है और कौन सा सॉफ्टवेयर बिलिंग इंजीनियर को आना चाहिए अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए तो सबसे पहले बिलिंग uh, इंजीनियर का वर्क क्या होता है साइड पे अगर ऐसे फ्रेशर अगर आप साइड पे जाओगे तो आप क्या देखोगे जो भी सब कॉन्ट्रेक्टर होगा उसका बिल आपको बनाना पड़ेगा ब्रिक वर्क चल रहा है आपकी साइड पे शटरिंग चल रही है स्टील वर्क चल रहा है फ्लोरिंग फॉल सीलिंग प्लास्टर जो भी वर्क चल रहा है उसकी मेजरमेंट उसकी मेजरमेंट आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग ड्राइंग uh, के अकॉर्डिंग आपको देखना है बीओक्यू में देखना है दोनों के अकॉर्डिंग आपको उसकी मेजरमेंट करनी है साइड पे साइड पे मेजरमेंट करके उसका बिल बनाना होता है वो हमारा सब कॉन्ट्रेक्टर बिल हो गया उसी हिसाब से आपको आना चाहिए इसमें क्या होगा आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए मैथ थोड़ा आना चाहिए तो आप सब कॉन्ट्रेक्टर बिल बना सकते हो फिर आर बिल जो होता है रनिंग बिल जो चलता है क्लाइंट व्हील तो वो आपको बनाना चाहिए इसी में से वो निकल आता है लेकिन उसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है थोड़ी ए, उसमें आपको बीओक्यू का थोड़ा काम पड़ेगा बीओक्यू के हिसाब से आपको वो बनाना पड़ेगा फिर एस्टिमेशन और कॉस्टिंग तो उसको आनी आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए बिलिंग में क्योंकि एस्टिमेशन भी उसको करना पड़ेगा मेजरमेंट और कॉस्टिंग निकालना उसको आनी चाहिए क्वांटिटी कैलकुलेशन निकालना उसको आनी चाहिए और सॉफ्टवेयर में नीचे बताने वाला हूँ लेकिन आपको बता दूं एक्सेल और ऑटो कैड उसको मस्ट आनी चाहिए बिलिंग इंजीनियर को और उसको जब भी आप साइड पे जाओगे आपको यह वर्क करना पड़ेगा एक्सेल के फार्मूलेस और ऑटो कैड आपको आनी चाहिए एज ए बिल्डिंग इंजीनियर बाकी वीओक्यू को रीडिंग उसको आनी चाहिए क्योंकि वीओ के हिसाब से उसको आइटम रेड बनाने बनेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा फिर क्वाटिटी सर्वे का भी नॉलेज होना चाहिए बिल्डिंग इंजीनियर को कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है क्या क्या सब चीजें वो क्वांटिटी कैलकुलेशन में आ गया कोई भी काम जैसे मैंने बताया था ड्राइंग रीडिंग मस्ट मस्ट उसको आनी आनी चाहिए क्योंकि ड्राइंग रीडिंग अगर आपको आती है आप प्लानिंग कर सकते हो आप बिलिंग कर सकते हो आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप कोई भी वर्क कर सकते हो अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आती है फिर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन उसको पता होनी चाहिए और उसमें बीओक्यू पढ़ना अच्छे से आना चाहिए अबीओ क्यू के हिसाब से आना ही चाहिए फिर जो होता है, वो उसको काम रहता है वो करना पड़ सकता है जो वर्कआउट ने अब क्यू में दिया है उसके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है अलग काम हो रहा है साइड पे तो उसको हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा ये हमने यहां यूज किया इसलिए यूज होने वाला था ड्रॉइंग में था ये सब चीजें देखे रिकनसल बिल बनता है ये ये आपको आपको आना चाहिए चाहिए सीखना भी नेक्स्ट जेएमआर मेजरमेंट रिकॉर्ड मतलब एक्सल तो, आना आना तो मेन चीज है दूसरा अगर आपको तो आप ये काफी काम आपको आएगा ग्रोथ करने में बाकी आपको एस्टीमेशन और एरिया मेजरमेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन, क्वांटिटी सर्वे ये चीजें आनी ही आनी चाहिए बाकी तो आपका हो जाएगा बाकी ये दो काम होते हैं मतलब बिल प्लानिंग इंजीनियर और बिलिंग इंजीनियर का आपको दोनों पता चल गया क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या क्या आपको सीखना है तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद ही होगी तो लाइक करना कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होता है कॉमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू कैस